आज भी एक पल तुम्हें देखने के लिए ये दिल बेकरार रहता है सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच फिर भी ना जाने क्यों हर दिन तुम्हारे वापस आने का यार इंतजार रहता है